कटनी में एक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है कुछ नकाबपोश लुटेरों ने बंदूक की नोक पर गोल्ड लोन बैंक से गोल्ड लूटा है बताया जा रहा है कि लुटेरों ने बैंक कर्मियों के साथ मारपीट भी की और करीब 16 किलो सोना और कुछ नकदी लेकर फरार हो गए कटनी के रंगनाथ में मनपुरम गोल्ड लोन बैंक से सोना और कुछ नकदी की लूट की गई बैंक खुलते ही नकाबपोष लुटेरों ने इस घटना को अंजाम दिया है इस दौरान लुटेरों ने बैंक कर्मियों के साथ मारपीट भी की बताया जा रहा है की लुटेरे सोलह किलो सोना और लगभग तीन लाख नकदी लेकर फरार हुए हैं लुटेरों के भागते ही इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है पुलिस के मुताबिक लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद लुटेरे जबलपुर की तरफ निकले हैं। साढ़े दस बजे करीब लूट हुई है जिस पे मतलब लोग आए हुए थे उन्होंने मतलब बंदूक दिखा के और अंदर गुदगे सबको मारा पीटा और पूरा गोल ले गए सब किसी ने मास्क तो बांधा हुआ था किसी ने हेलमेट लगाया हुआ था हथिया सबके पास पिस्तौल है तब के पास पिस्टल, बैंक से एक गाड़ी ले गए हैं और गोल्ड ले गए हैं गोल्ड था कर 16 किलो करीब अंदाजा और कैश का कैशियर जो तो है तो वो बता पाएंगे कितना कैश लोग हैं जहाँ करीब पाँच लोगों को तो मारे हैं बहुत मारे हैं बंदूक रख के वो तो मारे दे रहे मैं मैं जैसे यहाँ से निकला तो क्या मोबाइल भी उन्होंने रख लिया था तो फिर जैसे मुझे सोचना मतलब तुरंत मैंने कंट्रोल के लोन दिया जाता है। आज सुबह दस बजकर पच्चीस मिनट से दस बजकर चालीस मिनट की घटना है चार से छ नकापोस्ट और हेलमेट लगा करके और कुछ लोग यहाँ अंदर घुसे और बंदूक की नोक पर यहाँ के स्टाफ को डराया धमकाया और इनकी लाकर को खुलवा लिया गया उस लाकर में इनके छोटे छोटे जो गिरवी रखे हुए गोल्ड थे जो एक ग्राम दो ग्राम चार ग्राम दस ग्राम इस टाइप के पैकेट्स जो थे वो लोगों ने झोले में भर लिया है और कुछ नकद राशि भी थी और ये ले करके चार छह बदमाश लोग भाग गए हैं और पुलिस को जैसी सूचना मिली तत्काल तो पुलिस यहाँ मौके पर भी आई है और आस के जो इलाके हैं वहाँ भी हमारी चेकिंग चल रही है